हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वे आपका हम पर दोस्तों उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे फ्रेंड्स एजुकेशन से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है इसे आप ढेर सारा प्यार और अपना सुझाव दीजिएगा तो चलते हैं अपने टॉपिक पर साथियों आज का टॉपिक है प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बास्केटबॉल में पाँच खिलाड़ी होते हैं नैटबॉल में सात खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में छः खिलाड़ी होते हैं खो खो में नौ खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में सात खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में पंद्रह होते हैं बेचबॉल में नौ खिलाड़ी होते हैं और पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं आगे चलते हैं जिम्नास्टिक में आठ खिलाड़ी टेनिस या टेबल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी दोस्तों इसमें एक या दो इसलिए दिया है क्योंकि आपने कभी मैच देखा होगा टेनिस या टेबल टेनिस का तो उसमें आपने सिंगल और डबल देख देखा होगा यानी कि कभी एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी से खेलता है कभी दो खिलाड़ी दो खिलाड़ी से खेलता है यानी जोड़े में इसीलिए एक या दो इनकी संख्या हो जाएगी हाँ और फुटबॉल की बात करें तो इसमें ग्यारह खिलाड़ी होते हैं आगे बढ़ेंगे क्रिकेट में दोस्तों ग्यारह खिलाड़ी इसे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों अब हम रिवीजन करेंगे इसका किस इस में कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में नौ खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं बेस में नौ खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं हॉकी में भी ग्यारह होते हैं आगे बढ़ेंगे वॉलीबॉल में देखेंगे दोस्तों वॉलीबॉल में होते हैं छ खिलाड़ी कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी होते हैं एक मिनट दोस्तों बास्केटबॉल में दोस्तों पाँच खिलाड़ी होते हैं वाटर में सात खिलाड़ी होते हैं टेनिस में एक या फिर दो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों नेटबॉल में सात खिलाड़ी होते हैं नेटवाल में दोस्तों सात खिलाड़ी होते हैं टेबल टेनिस नेटवाल हम देख चुके हैं रग्बी फुटबॉल में पंद्रह खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में आठ खिलाड़ी होते हैं दोस्तों अब आती है आपकी बारी ये फील्ड इंडा ब्लैंक सेक्शन है इसमें आप देखेंगे और ख़ुद से भरने की कोशिश करेंगे कि वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी मतलब कितना खिलाड़ी आएगा जिमनास्टिक में कितने वॉलीबॉल वाल में कितने हॉकी में खो खो में पोलो में क्रिकेट में बेसबॉल में फ़ुटबॉल में नेट में टेनिस टेबल टेनिस या टेबल टेनिस में कबड्डी में बास्केटबॉल रग्बी फुटबॉल या फिर वाटर में तो दोस्तों वीडियो को आप देखिएगा और लास्ट में यहाँ से भरने की कोशिश कीजिएगा देखिएगा आपको कितना याद हुआ वीडियो को तो एक बार देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वेलाइकन को प्रेस कीजिएगा धन्यवाद